हेलो फ्रेंड मी उदर ब्लॉग में स्वागत हम लोग देखिए मार्केट जा रहे हैं हम लोग को दिखाते हैं मार्केट हम लोग का कितना दूर है देखिए इतना बहुत धूप है बने रहिए इस वीडियो में आप लोग को दिखाते हैं मार्केट में हम जो खाने के लिए राशन लाने के लिए जा रहे हैं ये देखिए तीन लोग हम तीन चार लोग जा रहे हैं गया सबर फाइनली मार्केट आ चुके हैं आतुरपई आतुरपई कॉपिरेंटुरपई देखिये तारीख बिगड़ा है क्योंकि आज इसका पोंगल पर्व है तारीख अभी ना ये मोबाइल को रिपेयर कर हम लोग का मार्केट है देखिए हम लोग पानी का बोतल लिए इधर में धूप बहुत ज़्यादा है इधर प्यास लग जाता है टेन रुपीज का पानी का बोतल लिया है एक पिछलरी ओपन हम्म हम लोग अभी मार्केट खोलिए हम लोग अभी जा रहे हैं राशन दुकान में हम लोग अभी राशन लेंगे तब जाएंगे अपना रूप पर जाएंगे बन रही में। में है इस वीडियो में राशन लेते हैं दुकान आलू ले रहा डेढ़ के जी क्या कौन में पी रहे हैं तो तो बादाम मिलते बड़ा ओके ये ये ट्रेन उमेश उमेश आदमी हम लोग ये तो है का हम को ये लेते हैं